जी हाँ नमस्कार स्वागत है हमारे शेरों अर्थात सिंह राशि के जातकों फरवरी का या माह फरवरी 2020 कैसा रहेगा क्या कुछ नया लेकर के आया है साथ ही साथ फरवरी माह को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम उपाय क्या हैं इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे और आगे बढ़े दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 22 और 23 फरवरी को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली क्षेत्र से या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों फटाफट ये राशिफल देखिए चल रहा है बहुत ही कम समय में हम मंथली राशिफल आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए बगल में बना सब्सक्राइब बटन भी दबाइए और बेलाइकन भी आप लोग दबाइए दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले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 तो सिंह राशि के जातकों कैरियर के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो फरवरी महीना काफ़ी हद तक की आपके लिए अनुकूल रहेगा कार्य क्षेत्र में आ ये जो मंथ की शुरुआत होगी काफ़ी अच्छी होगी ओपनिंग आप बहुत अच्छी करेंगे जबरदस्त करेंगे लेकिन महीने का जो उत्तरार्ध रहेगा वो आपके अधिक अनुकूल नहीं रहने वाला है व्यवसाय करने वाले जातकों को अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे शेयर मार्केट वगैरह से आपको बच के रहना रहेगा फरवरी का ये जो माह रहेगा एजुकेशन के फील्ड से शिक्षा के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल सकता है जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उनको यथेष्ट फलों की प्राप्ति थोड़ी सी यहां पर मुश्किल दिखाई पड़ रही है आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे साथ ही साथ यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होगी पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो फरवरी का ये जो माह रहेगा पारिवारिक मामलों में अनुकूलता लिए हुए दिखाई दे रहा है लेकिन मंगल यहाँ पर थोड़े से अमंगल करा सकते हैं मतलब आपके माता जी का जो स्वास्थ्य रहेगा इसका पाया हमें यहाँ पर कुछ कमजोर रहता हुआ दिखाई पड़ रहा है परिवार में हल्की फुल्की तनातनी हो सकती है फरवरी के दौरान आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी जी हाँ पार्टनर पर आपको के शक होगा एक बात देखिए सिंहराज के जात आपको बता दें वार्षिक राशिफल 2020 विस्तृत रूप से हमारे चैनल पर पड़ा है देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के अनुसार भी राशिफल हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग देख सकते हैं आपका प्रेम राशिफल सिंह राशि के जात को ये हमारे चैनल पर देखिए कैरियर राशिफल देखिए आर्थिक राशिफल देखिए सब कुछ यहाँ मिलेगा कहीं अन्यत्र आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है साथ ही साथ उसमें जो हमने उपाय बताए हैं वो बहुत ही दिव्यतम उपाय है उसको आप लोग कर सकते हैं हमारे दैनिक राशिफल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन दबाइए और एक बताएं यदि आपको भी अच्छे जिम और रुद्राक्ष कि जो है प्राप्ति अभी तक नहीं हो पा रही थी तो अब हमारी संस्थान आपको जो है सर्टिफिकेट जेमस्टोन और रत्न और रुद्राक्ष आपको उपलब्ध कराएगी कोरियर के माध्यम से तो अब भी अब आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं जो आप लोगों के मन में ये जाल था कि कहीं अगला हमको जो है फेक तो नहीं देगा पायराइसी तो नहीं होगी नकली स्टोन तो नहीं देगा तो बिल्कुल इन चिंताओं से मुक्ति करिए एक प्रतिष्ठित चैनल होने के नाते मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ से जाएंगी वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट जेन्यून कोई भी उसमें जो है इस बट की गुंजाइश नहीं रहेगी तो लव लाइफ पर चल रहे थे तो लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा पार्टनर के ऊपर कुछ आपको शक हो सकता है यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी लेकिन उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के काफी मतभेद आप लोगों के जो है उभर कर सामने आएंगे पत्नी के को लेकर के संतान को लेकर के आपके मन में जो है क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा संतान से अनायास ही आप जो है उनकी पिटाई वगैरह भी कर सकते हैं और हो सकता है कि आपके संतानों के भी कुछ अच्छे अंक ना आए हालांकि संतानें आपकी पढ़ने में देखी अच्छी हैं लेकिन कभी कभी होता है कि जो अंक पत्र पर जो चीज़ें उतरनी चाहिए वो नहीं उतर पाती है यदि इस माह आपकी आर्थिक स्थिति पर नज़र डाली जाए तो आठ फरवरी को मंगल का गोचर आपके व्यापार में अच्छे परिणाम दिलाएगा जी हाँ इस क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में आप काफी लकी रहेंगे कोई नया व्यापार कर सकते हैं किसी नए पार्टनर के साथ आप लोग व्यापार कर सकते हैं इस माह कोई रोजगार का सृजन भी हो सकता है फरवरी में आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है मानसिक रूप से कुछ टेंशन रहेगी साथ ही साथ पेट से रिलेटेड आपको कोई जो है शिकायत प्रॉब्लम आ सकती गैस वगैरह की शिकायत हो सकती है धनागमन में वृद्धि इस माह होती हुई दिखाई दे रही है उच्चाधिकारियों की कृपा से आपके कार्यो में सफलता मिलेगी अचानक से आपने जो उम्मीद नहीं की होगी तो आपके पद में आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी संतान सुख प्राप्त होगा जी हां अगर अभी तक संतान आपके यहां नहीं थी तो इस माँ किसी नए संतान की किलकारी आपके आंगन में घूस सकती है शासकीय वर्ग नेता मंत्री से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा इस माह कोई नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको इनके माध्यम से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिवार तथा दांपत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा विरोधी शत्रु जो आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ प्लानिंग करते थे वो परास्त होंगे जो भी सुखो जो है भोग की सामग्री थी भूमि भवन का लाभ था इसमें आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोट कचहरी के मामले में आपका डंका बजेगा आपके जो है क्या कहते हैं जो भी आपके ऊपर अन आलोक चले आ रहे थे इनसे आप लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाद विवादों का वातावरण जो रहेगा ये समाप्त होगा अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मंथ के एंड में कोई बहुत बड़ा आप लोगों को लाभ हो सकता है सूर्य देव का जो ये अरिष्ट गोचर रहेगा तो बड़े भाई को किसी अनिष्ट का भय रहेगा आपके घर में बड़े भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यात्राओं में उनको कष्ट हो सकता है उपाय पे आ जाते हैं चूंकि अब अंतिम पड़ाव है उपाय तो उपाय आपको करना क्या रहेगा देखिए सबसे पहले तो आपको सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और भगवान भास्कर को तांबे के पात्र में जल में कुमकुम अच्छत और गुड़ डाल करके आपको अर्घ देना रहेगा ये नित्य आपको करना रहेगा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भगवान भास्कर के समक्ष आपको बैठ करना रहेगा साथ ही साथ आप लोगों को नारायण कवच का पाठ इसम प्रतिदिन करना रहेगा शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का आपको पाठ करना रहेगा और एक हम आपको चौपाई बता रहे हैं बहुत ही अच्छी चौपाई है डेली यदि हो सके तो इसका आप लोग पाठ जरूर करिए चौपाई है विश्व भरड़ पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हो तो आपके कार्यों में रुकावट नहीं आती यदि आप इस चौपाई को डेली पढ़ते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस बस इतना आपको 108 बार पढ़ना रहेगा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए हाँ एक चीज़ भूल गए हैं बताना इस माह के लिए जो सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे ये कौन कौन से रहेंगे तो एक तारीख तीन तारीख आठ तारीख बारह तारीख सोलह तारीख बाईस तारीख चौबीस uh, तारीख उनतीस तारीख आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यदि इन दिवसों में कार्य करते हैं तो यथेष्ट फल की प्राप्ति होगी प्रतिकूल दिवस थोड़े से ज़्यादा है इनको आप लोग नोट कर लीजिए इसमें आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है पाँच तारीख सात तारीख नौ तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख पंद्रह तारीख अट्ठारह तारीख बीस तारीख तेईस तारीख पच्चीस तारीख और अट्ठाईस तारीख ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे प्रतिकूल दिवस में एक काम ये करिएगा कि नारायण कवच का जब आप लोग पाठ करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ खा पी करके मत करिएगा और सुबह उठ करके एक दीपक जलाइएगा भगवान विष्णु की फ़ोटो के सामने और उनके सामने नारायण कवच का पाठ करिएगा देखिएगा कितना कमाल आपके साथ होगा भाग्यशाली कलर पर आ जाते हैं तो ऑरेंज कलर गोल्डन कलर और येलो कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक एक और अंक पाँच आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेगा इस माह तो दर्शकों कैसा लगा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे कि शुद्ध शुद्ध रत्न और हंड्रेड सर्टिफाइड जेम रत्न रुद्राक्ष आप हमारे संस्थान से क्रय कर सकते हैं अब पहले भी लोग हमसे पूछते थे कि पंडित जी आप ही उपलब्ध करा दीजिए तो हम संकोच करते थे लेकिन मार्केट में जब से जो है जो लोग नकली देते हैं तो उससे अच्छा है कि आपको असली चीज़ जो है अब हमारे माध्यम से प्राप्त हो तो ज़्यादा ठीक है दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार